आज मैं आपके सामने फिर से आजिर हूँ नई इन्फॉर्मेशन लेकर नए नोटिफिकेशन लेकर नए जॉब की डिटेल लेकर तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों हरियाणा एचपीएससी लेक्चरर की एक इंफॉर्मेशन है जो कि आप सभी तक शेयर करनी बहुत ज़रूरी है क्या है पूरी अपडेट जानने के लिए देखते रहें इस वीडियो को वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेलाइकन को दुबाना ना भूलें इससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाली वीडियो आप सभी तक पहुंचते रहते हैं तो चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी के लिए तो दोस्तों हरियाणा एच पी एस सी लेक्चरार का जो अभी फॉर्म निकला था आप सभी ने फॉर्म फिल किया होगा चार पोस्ट के लिए जो जो फॉर्म निकला हुआ था उसका जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ कर दिया गया है तो देख लेते हैं क्या है अपडेट एच पी एस रिक्रूटमेंट दो का सिलेबस सारी चीज़ें आज हम मिश्री में बात करने वाले हैं और थोड़ा सा नॉइस रहा होगा दोस्तों उसके लिए सॉरी ठीक है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हैज़ रिलीज द लेटेस्ट नोटिफिकेशन फॉर तो द रिक्रूटमेंट ऑफ लेक्चरर ग्रुप बी टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई एचपीएससी लेक्चरर तो जितने भी कैंडिडेट हैं आप सभी ने एच पी के लिए तो ये फॉर्म जो है फिल किया होगा उसका जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ कर दिया गया है ठीक है दोस्तों तो ये कितनी पोस्टों के लिए था चार पोस्टों के लिए जो फॉर्म निकला हुआ था आप सभी जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उन्होंने फॉर्म फिल किया होगा तो उन सभी के लिए बड़ी अपडेट है जो पोस्ट का नेम है वो लेक्चरर ग्रुप बी की वैकन्सीज़ रहने वाली है ये आप सभी के लिए और अगर आपका यहाँ पर अगर सिलेक्शन अगर होता है तो ये आपकी सैलरी यहाँ पर रहेगी तिरपन हज़ार आपकी यहाँ पर फीस जो सैलरी है वो रहने वाली है और जॉब लोकेशन है जो कि आपकी हरियाणा में रहेगी हरियाणा के अंदर आप अपनी जो वर्किंग है वो आप करेंगे ठीक है दोस्तों लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की चार फरवरी जो कि चली गई है ठीक है दोस्तों और इसकी फ़ीस जो है आपने एक हज़ार रुपये पे करी होगी और फीमेल ने ढाई सौ रुपये फीस पे करी थी यहाँ पर ठीक है दोस्तों एज यहाँ पर मांगी गई है इक्कीस से बयालीस साल तक के कैंडिडेट जितने भी हैं उन्होंने सभी ने अप्लाई किया होगा इस फॉर्म को ठीक है दोस्तों तो इसका जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ कर दिया गया है और जल्द ही आपका जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है तो आप सभी इसकी एच के लेक्चरार की, की तैयारी कर रहे होंगे तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है ठीक है दोस्तों तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी रहने वाली है अगर आपका अगर सिलेक्शन अगर इस पोस्ट के लिए हो जाता है दोस्तों सभी एलिजिबल कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया था एडमिट कार्ड अपना जो है वो डाउनलोड कर लें और अपना देखें उनका सेंटर कहाँ पर पड़ा है और अगर आपको किसी भी तरीके की अगर दिक्कत आती है या परेशानी आती है आपको डाउनलोड नहीं हो रहा है या कोई भी इशू है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं हम आपके जो प्रॉब्लम का सलूशन है वो निकालने की कोशिश करेंगे ठीक है दोस्तों लेक्चरर एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चर के लिए इंजीनियरिंग जो ये पोस्टें है, है, हैं जैसे कि आप देख सकते हैं ये सभी पोस्टें हैं लेक्चरार एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है लेक्चरार इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी लेक्चरार इन केमिकल्स के लिए यहाँ पर वैकेंसीज हैं तो बहुत सारे जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं दोस्तों लेक्चरर इन फैशन लेक्चरर इन फूड टेक्नोलॉजी लेक्चरर इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग लेक्चरर इन मैकेनिकल लेक्चरर इन अप्लाइड साइंस एंड इंग्लिश तो डिफरेंट टाइप के दोस्तों लेक्चरर हैं जो एच स्पोर्ट्स के एग्ज़ाम के थ्रू लगते हैं दोस्तों ठीक है दोस्तों तो ये बहुत सारी वैकन्सीज़ हैं जो कि आप सभी के लिए हैं जितने एलिजिबल कैंडिडेट हैं उन्होंने फॉर्म फिल ज़रूर किया होगा तो आप सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने वो जरूरी थी कि एडमिट कार्ड हैं इनके रिलीज़ कर दिए गए हैं तो सभी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और अपने एग्ज़ाम देने जाएं और यहां पर जो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो हम देख लेते हैं वर्ग क्या रहने वाला है सबसे पहले आप रिटर्न एग्जामिनेशन होगा और आपका इंटरव्यू होगा दैन आपका डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा उसके बाद आपका होगा मेडिकल एग्ज़मिनेशन ठीक है दोस्तों और उसके बाद फाइनली जो है आपकी वैकन्सी आपको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 ठीक है दोस्तों आप सभी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि हम आप जो तो है जितनी भी गवर्नमेंट जॉब होती है उनके अप अपडेट्स के आप शॉर्ट्स देखना चाहते हैं या नहीं हमें कमेंट में आप जरूर बताएं और हमारा एक दूसरा चैनल भी है अमन के टैक तो उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा तो आप वहाँ से भी उस चैनल को देख सकते हैं वहाँ पर भी हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपसे अभी तक शेयर करते हैं ठीक है दोस्तों तो उस चैनल को भी आप अपना प्यार दें और शेयर करें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट जरूर करें ठीक है दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को तो दुबाना ना भूलें इससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाली वीडियो आप सभी तक पहुंचते रहते हैं तो थैंक यू सो तो मच बाय बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट गुड इवनिंग